भूख का खेल नामक उपन्यास जिसे मूलतः अंग्रेजी भाषा में द हंगर गेम्स नाम से लिखा गया है इसकी लेखिका सुजन कोलिन है इस उपन्यास की मुख्य पात्र कैटने सेवेडीन नाम की एक लड़की है कटनीस कैपिटल पानम के 12वें जिले में अपनी माँ और बहन प्रेम के साथ रहती है उसकी मां को जड़ी बूटियों के बारे में बहुत जानकारी होती है यदि जिले बारह में कोई भी व्यक्ति बीमार होता तो कैटनिस की मां उसकी मदद करती हैं। पिता की वर्षों पहले एक खदान विस्फोट में मृत्यु हो जाने के बाद उसको ही अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ता है वो इसके लिए शिकार करती है जिस कारण ऐसी धनुर्विद्या में उसे महारत हासिल हो गया है कैटनिस को धनुष बाण्ड चलाना उसके पिता ने सिखाया था उसके पिता बहुत अच्छा गाते थे इसी वजह से कैटनेस की मां को उनसे प्यार हो गया था कैटनेस अपने सबसे अच्छे दोस्त गेल के साथ अपने जिले जिला बारह के बाहर जंगल में शिकार करने जाती है जिससे कि वह अपने और अपने परिवार के लिए खाना प्राप्त कर पाती है कैपिटल पानम में बारह जिले हैं जिसमें से बारहवें जिले में कैटनिस रहती है सालों पहले उत्तरी अमेरिका की सरकारें ढह गई थीं और उनके स्थान पर पनेम देश अस्तित्व में आया था तब से इन बारह जिलों के साथ एक अमानवीय खेल खेला जाता है कैपिटल पानम के बारह जिलों में से प्रत्येक जिले को अपने दो किशोरों को इस खूनी खेल में भेजना पड़ता है इस भीषण मौत की लड़ाई में उन युवा बच्चों को एक अखाड़े में भेजा जाता है जहाँ वे तब तक लड़ते हैं जब तक कि केवल एक किशोर जीवित रह जाता है और इस खूनी खेल को टेलीविजन पर कैपिटल के लोगों के मनोरंजन के लिए दिखाया जाता है आज के दिन कैटनेस के जिले से दो किशोरों को खूनी खेल के लिए चुना जाना था दुर्भाग्यवश कैटनिस की बहन प्रिम को भूख के खेल के लिए चुन लिया जाता है पर प्रिम के स्थान पर कैटनिस स्वेच्छा से उसको बचाने के लिए खुद भूख के खेल में उसकी जगह ले लेती है जैसा कि हर जिले से दो किशोरों को इस खूनी खेल जिसे कि भूख का खेल कहा जाता है में भेजा जाता है तो कैटनिस के जिले ऐसी दूसरे किशोर के रूप में पीटा मैलाक को चुना जाता है वर्षो पहले जब कैटनिस शहर की दुकानों के पीछे कूड़ेदानों में अपने परिवार के लिए भोजन खोज रही थी पीटा ने कैटनिस को अपने परिवार की बेकरी से रोटी दी थी कैटनिस उस दिन उसे और उसके परिवार वालों को बचाने का श्रेय पीटा को ही देती है पीटा के पिता जो कि एक बेकर हैं, कैटनिस को जाने से पहले आश्वासन देते हैं कि वह उसकी बहन प्रेम और उसकी माँ का ख्याल रखेंगे कैटनिस और पीटा अपने दोस्तों और परिवारों को अलविदा कहते हैं और कैपिटल के लिए एक ट्रेन में सवार होते हैं ट्रेन में बहुत अच्छा खाना होता है जैसा कि कैटनिस ने पहले कभी भी नहीं खाया होता है यही कैटनिस और पीटा अपने भूख के खेल के कोच हिमिच से मिलते हैं। बहत्तर वर्षों में डिस्ट्रिक्ट बारह के दो भूख के खेल विजेताओं में ऐसी हिमिच अकेला जीवित है वह एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो हमेशा बहुत नशे में रहता है कैटनिस और पीटा में कुछ साहस देखने के बाद वह फैसला करता है कि वह उन्हें सलाह देने और खेलों में जीवित रहने में उनकी मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से सहायता करेगा भूख के खेल के प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचने के बाद कैटनिस अपने स्टाइलिस्ट सिन्ना से मिलती है जो एक युवा व्यक्ति है इसने साधारण कपड़े पहने होते हैं और अन्य स्टाइलिस्टों की तुलना में सिन्ना ने बहुत कम मेकअप किया होता है सिन्ना उद्घाटन समारोह के लिए पोशाक डिजाइन करने वाला है समारोह में कैटनिस और पीटा सिंथेटिक लपटों के साथ साधारण काले रंग की पोशाक पहनते हैं कैपिटल के लोगों को कैटनिस और पीटा की पोशाक बहुत पसंद आती है कैपिटल के लोग कैटनिस को गर्ल ऑन फायर का उपनाम देते हैं अगले दिन कैटनिस और पीटा समूह प्रशिक्षण में भाग लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया इस खूनी खेल को टेलीविजन पर कैपिटल के लोगों के मनोरंजन के लिए भी दिखाया जाता है टेलीविजन होस्ट सीज़र फ्लिकमेनके के द्वारा भूख के खेल में चुने गए किशोरों का साक्षात्कार लिया जाता है अपने साक्षात्कार में पीटा ने खुलासा किया कि वह कई वर्षों से कैटनिस से प्यार करता है अंत में समय आ ही जाता है खूनी खेल भूख के खेल का एक छोटे से भूमिगत कमरे से कैटनिस को अखाड़े में उठा लिया जाता है और खेल आधिकारिक रूप से शुरू हो जाते हैं बारह जिलों के 24 किशोरों को अखाड़े में उतार दिया जाता है हेमच की सलाह होती है की कैटनिस लड़ाई के बजाय वहां से भाग जाए और खुद को बचाने के लिए धनुष बांध ले, ले और किसी सुरक्षित जगह पर चली जाए तथा जल्दी से जल्दी पानी की तलाश कर ले कैटनिस ऐसा ही करती है वह वहां से जंगल की ओर भाग जाती है अंधेरा होने के बाद कोई पास में ही आग लगा देता है और जल्द ही किसी जिले के किशोर आते हैं और आग जलाने वाले किशोर को मार डालते है कैटनिस को झटका लगा क्योंकि पीटा भी मारने वाले व्यक्तियों के साथ होता है अगले दिन कैटनिस पानी की तलाश में जाती है वह घंटों चलती है और थकावट से गिर जाती है लेकिन आखिरकार उसे एक धारा मिल जाती है वह अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वहीं से सामने वाले पेड़ पर उसे जिला 11 की रूए नाम की एक युवा लड़की दिखाई देती है वह कैटनिस की बहन प्रिम के उम्र की ही थी रुए ट्रैकर जैकस के एक भोसले की ओर इशारा करती है और कैटन इस को पकड़े हुए शाखा को काट देती है जिससे कि नीचे उन्हें मारने के लिए अन्य जिले के युवा लड़के और लड़कियों को ये ट्रैकर जैकस डंक मारने लगते हैं। इससे दो की मौत हो जाती है तथा अन्य भाग जाते हैं कटनीस को भी कई बार ट्रैकर जैकस द्वारा डंक भी मारा गया लेकिन जब वह भाग रही थी तो उसे दिखाई देता है कि मरने वाली लड़कियों में से एक के पास धनुष और तीर थे मरने वाली लड़की जिसके पास धनुष और बाण थे, थेल बेलकोर्ट थी जिसे जिला एक से लाया गया था कैटनिस धनुष और बाण लाने के लिए दौड़ती है और जब वह धनुष को पकड़ रही होती है तो पीटा वहां पहुंच जाता है और जिले दो से कैटो नाम का एक युवक भी वहाँ पहुँच जाता है पीटा उसे रोकता है ताकि केटनस बच सके ट्रकर जैकस की काटने की वजह से कैटनिस धीरे धीरे बेहोश हो रही थी और पीटा उसे यहाँ से भागने के लिए बोल रहा था वो ऐसी हालत में भी वहाँ से भाग निकलने में किसी तरह कामयाब होती है कैटनिस रूए के साथ एक टीम बनाती है रूए कैटनस को उसकी छोटी बहन प्रिम की याद दिलाती है रूए और कैटनिस मोकिंगजेस के द्वारा संवाद करने का निर्णय लेते हैं मोकिंगजे पक्षी की आवाज है कुछ समय बाद जिला एक से मावल नाम का एक युवा कैटनिस को मारने के लिए भाला फेंकता है पर वो रूए को लग जाता है और छोटी रूए जमीन में गिर जाती है कैटनिस इस पाप के लिए मावल के छाती पर बानों की बौछार कर देती है और रोते हुए रुए के पास जाती है रुए की आखिरी इच्छा होती है कि कैटनिस उसे गाते हुए इस दुनिया से विदा करे तो कैटनिस उसके लिए गाती है और उसकी कब्र को फूलों से सजाती है और उससे वादा करती है कि वो यहाँ से जिंदा निकलेगी रुए को किया गया ये वादा उसको बहुत मजबूत कर देता है इस सब को टेलीविजन पर सभी जिलों को जबरदस्ती दिखाया जाता था तो जिला 11 यानी रुए का जिला भी अब कैटनिस के जीतने की प्रार्थना करने लगा था तथा जिला 11 ने कैटनिस के लिए रोटी भी भेजी थी रुए के इस स्मारक को कैपिटल द्वारा विद्रोह के कार्य के रूप में देखा जाता है माना जाता है कि विरोधी जिलों ऐसी श्रद्धांजलि एक दूसरे को मारने के लिए होती है की खेलों के दौरान सच्ची दोस्ती बनाने के लिए खेलों के उद्घोषक क्लोडियस टेम्पल बताते हैं कि अब कैटनेस और पीटा सहित केवल छह लोग शेष हैं तथा साथ ही खेलों के लिए एक नए नियम की घोषणा करते हैं इस साल दो लोग जीत सकते हैं अगर वे एक ही जिले से आते हैं तो कैटनेस तुरंत पीटा को खोजने के लिए निकल पड़ती है वह जानती थी की कैटो ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था पीटा के पैर में घाव जहाँ कैटो ने उसे मारा था गंभीर रूप से संक्रमित हो गया है कटनीस उसे एक गुफा में ले जाती है जहाँ वे छिपे रहेंगे ये सोचकर कि पीटा मर सकता है कटनीस उसे हमदर्दी के कारण चूम लेती है एक क्षण बाद वह बाहर शोर सुनती है और हेमिच के द्वारा भेजे गए शोरबा का एक बर्तन पाती है उसे पता चलता है कि हेमिच उसे और पीटा के बीच के रोमांस को बनाए रखने के लिए कहता है क्योंकि कैपिटल के लोगों को उनकी प्रेम कहानी पसंद आ रही थी अगली सुबह कैटनिस देखती है कि पीटा का पैर बुरी तरह संक्रमित है और वह इलाज के बिना मर जाएगा एक और घोषणा की जाती है कि अखाड़े में जीवित व्यक्तियों के लिए कॉनुकोपिया जो कि इस खेल में एक जगह है में एक ऐसी वस्तु मिलेगी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है कैटनीस जानती है कि पीटा के पैर के लिए दवा चाहिए और शायद कॉनुकोपिया में उसे दवा मिल जाए कैटनिस पीटा को ठीक करने के लिए कॉनुकोपिया में जाने का खतरा लेने के लिए तैयार थी लेकिन पीटा सोचता है कि यह बहुत खतरनाक है और वह नहीं चाहता कि कैटनेस जाए पर कैटनेस पीटा को नींद की जड़ी बूटी देके सुला देती है और कॉनुकोपिया की ओर निकल जाती है कॉनुकोपिया के पास एक टेबल पर चार बैकपैक रखे गए थे प्रत्येक को संबंधित जिले की संख्या के साथ चिन्हित किया गया था डिस्ट्रिक्ट दो फाइव ग्यारह और बारह के लिए एक एक था हालांकि उस समय 12 जिले में से 6 जिलों के किशोर बचे थे डिस्ट्रिक्ट 12 बैकपैक अन्य की तुलना में छोटा था क्योंकि इसमें केवल दवाई थी पीटा के पैर के संक्रमण को रोकने के लिए माना जाता है कि डिस्ट्रिक्ट 2 के बैकपैक में बॉडी बॉडीआमा था जिसे बाद में कैटो ने इस्तेमाल किया फॉक्सफिस सबसे पहले कॉनुकोपिया से अपना बैकपैक प्राप्त करने वाली लड़की थी इसे पांचवे जिले से चुना गया था से फॉक्सफेस का वास्तविक नाम उपन्यास में नहीं बताया गया है फॉक्सफेस तो उसे कैटनिस कहती थी फिर कैटनिस भी अपना बैकपैक लेकर भागने लगती है पर क्लोव जो कि डिस्ट्रिक्ट दो से चुनी गई लड़की थी कैटनिस की और चाकू फेंकने लगती है पर कैटनिस बैकपैक को चाकू के सामने कर देती है पर एक समय आता है जब क्लोव कैटनिस को मारने वाली ही होती है तभी थ्रेश जो कि कैटनिस की छोटी दोस्त रूए के साथ डिस्ट्रिक्ट 11 से हमदर गेम के लिए चुना गया था क्लोव का सिर एक पत्थर से फोड़कर कर कैटनीस की जान बचा लेता है थ्रेश कैटनीस के द्वारा रूए का साथ देने के लिए उसका कृतज्ञ था इसलिए वह कैटनिस की जान बचाता है पर कैटो भी कुछ देर में वहां पहुंच गया था थ्रेश कैटनिस को वहां से भागने के लिए बोलता है अब कैटो और थ्रेश के बीच लड़ाई होती है पर थ्रेश को कैटो मार देता है पर कैटनिस उस गुफा में पहुंच जाती है जहां पीटा को कैटनिस छोड़कर आई थी बेहोश होने से ठीक पहले वह पीटा को दवा का इंजेक्शन लगाती है वे कुछ दिनों के लिए वहां रहते हैं जब बाहर लगातार बारिश हो रही होती है और इस समय में कैटनीस और पीटा के बीच प्यार बढ़ने लगता है ऐसा करने को हेमच ने कैटनिस को कहा था क्योंकि कैटनिस और पीटा के बीच प्यार है इस बात को टेलीविजन पर इन्हें देखने वाले कैपिटल के लोगों की सहानुभूति मिल रही थी जब बारिश थम जाती है तो पीटा और कैटनिस को भोजन की आवश्यकता होती है वे शिकार के लिए जाते हैं घंटों बाद जहरीली जामुन के एक छोटे से ढेर को लेकर पीटा आता है ये सोचकर कि वे सुरक्षित हैं, पर इतने में पीटा से फॉक्स फेस जामुन चोरी कर खा लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है इससे उन्हें पता चल जाता है कि ये जामुन जहरीली है अब केवल पीटा कैटनिस और कैटो ही बचे हैं ये सोचकर कि कैटो से लड़ाई में शायद ये जामुन काम में आ जाए कटनीस इन जहरीले जामुन को अपने पास रख लेती हैं। शायद फेस की तरह वे कैटो भी धोखे से ये जामुन खा ले आखिरकार धाराएं और तालाब सूख जाते हैं कैपिटल के इंजीनियर द्वारा इस पूरी जगह को ऐसा बनाया गया था जिसे कि राष्ट्रपति स्नो के अध्यक्ष वह सफेद बालों वाला एक छोटा पतला आदमी है और उद्घाटन समारोह में आधिकारिक स्वागत करता है के द्वारा अपनी मर्जी से संचालित किया जाता था और वे जानते हैं कि पानी का एकमात्र स्रोत कौनुकोपिया के पास की झील है बिना किसी अन्य विकल्प के वे झील की ओर चलने लगते हैं। झील के किनारे कैटो अचानक उनकी ओर दौड़ता हुआ आता है कैटनेस को पता चलता है की अजीब जीव उसका पीछा कर रहे है और वे सभी कोनों को तक दौड़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं जीव कैपिटल द्वारा इंजीनियर किए गए म्यूटन भेड़िए हैं, यानी कैपिटल के इंजीनियर द्वारा भेड़िए के जीन में परिवर्तन करके इन्हें तैयार किया जाता था स्थिति का फायदा उठाते हुए कैटो ने पीटा पर हमला किया लेकिन कैटनस और पीटा उसे किनारे पर धकेल देते हैं जीव उस पर हावी हो जाते हैं लेकिन शरीर के कवच के कारण वह घंटों तक जीवित रहता है जिस ही समय कैटनिस और पीटा सोचते हैं कि वे जीत गए हैं एक और घोषणा की जाती है कि फिर से केवल एक ही विजेता हो सकता है कैटनिस और पीटा एक दूसरे को नहीं मारते हैं पर कैटनिस पीटा की जान बचाने के लिए वो जहरीली जामुन खा लेती हैं जिसे कि उसने पहले अपने पास रखा था वे प्रशिक्षण केंद्र में कैटनिस को वापस ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं जब वह ठीक हो जाती है तो कैटनिस को कई दिनों तक अकेला रखा जाता है जब उसे बाहर जाने दिया जाता है हिमिच उसे चेतावनी देता है कि वह खतरे में है कैटनिस ने पीटा की जान बचाने के लिए जो जामुन खाए कैपिटल इसे अवज्ञा के कार्य के रूप में लिया इसलिए उसे सभी को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह पीटा को खोना नहीं चाहती थी और वह विद्रोही नहीं है अपने अंतिम साक्षात्कार में वह पीटा के साथ फिर से मिल गई जिसने अपना पैर खो दिया और अब उसके पास एक कृत्रिम पैर है इसके बाद जब हेमिच ने उसे बताया कि उसने बहुत अच्छा किया है तो पीटा को आश्चर्य होता है की उसका क्या मतलब है और क्या खेलों के दौरान प्यार करना कैटनस की रणनीति थी वह सब कुछ समझ जाता है पीटा गुस्से में और राहत होता है लेकिन जैसे ही वे बारह जिले में वापस आते हैं वे भीड़ और कैमरों का अभिवादन करने के लिए एक बार हाथ पकड़ लेते हैं